दबे होठ आँखों में चमक लगता है मंद ही मंद मुस्कुरा रही है दबे होठ आँखों में चमक लगता है मंद ही मंद मुस्कुरा रही है।, वो सच, रही है हो जैसे कोई पुराना प्रेम भरा सच सबसे छिपा रही है हो जैसे कोई पुराना प्रेम भरा सच सबसे छिपा रही है आज फिर से देर हो गई सखीरें बस पाँच मिनट की गुहार लगा रही है आज फिर से देर हो गई सफीरें बस पाँच मिनट की हटा लगा रहे लगता है बेशक तेरा ही किस्सा है जो बड़े शौक से सुना रहे हैं लगता है बेशक तेरा ही किस्सा है जो बड़े शौक से सुना रहे हैं है जो बड़े शौक से, से सुना रहे